जय हिंद दोस्तों आपने एक बात तो सुनी होगी चाकर साइया मार सके रखो देखिए कैसे डालू मैं अपने साथी की चा बचा तो उससे पहले अगर आप वीडियो बनाए हैं तो फटाफट वीडियो लाइक करें और फैक्ट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद